आप ये मानना जो जो पैट्स होते हैं डॉग है कैट है जो घर में पालते हैं जो खिलाएगा वो वही दो मिलाएगा सीधी सी गढ़ है इसमें कोई बट किंतु परंतु नहीं हो चाहे कोई भी हो तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज युधिष्ठिर भाई साहब हमारे साथ हैं और अभी मैंने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली थी इंस्टा आईडी है उसको फॉलो कर लेना सिंग अंडर धर्मेंद्र ठीक है ना तो उस पर मैं लाइव देता रहता हूँ कि क्या अपडेट होने वाला है तो आज युधिष्ठिर भाई साहब भरतपुर आए हुए हैं तो उनका एक छोटा सा काम था वो करा के लाएँ तो एक और ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम था वो अब घर पे आए हुए हैं तो एक बॉक्स आया हुआ है उनका ये पार्सल तो ये उन्होंने मेरे एड्रेस पर मंगाया हुआ है तो आज इसको ओपन करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको बताते हैं क्या है और ये उन्हीं का है और मैं तो सिर्फ अनबॉक्सिंग करता हूं क्योंकि यूट्यूबर का काम है अनबॉक्सिंग करना और आप लोगों को बताना कि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है या नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल है जो कार मैंटेन करते हैं उनके लिए है तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी अच्छा एक बात और अभी इससे पहले जो वीडियो डाला होगा आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा और ड्रोन हमारा जो सवा लाख रुपए का मेरा नानू है क्रैश होते होते बचा था उज्जैन ट्यूर पर जो मैंने अभी तक बताया नहीं था वीडियो में दिखाया वीडियो देखना बहुत शानदार है और सिनेमेटिक शॉर्ट ड्रोन के इतने शानदार आए हैं वो देखना आपको आई होप पसंद आए चलिए तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं ये हमारे युद्धेश्वर राई साहब आ चुके हैं और ये हमारा पीछे नहीं छोड़ते हैं बस जो शुरू के सुबह के कार्यक्रम होते हैं ना उनको छोड़ के सिर्फ हमें हमारी याद आती है कुछ भी हो जाए भरतपुर में भैसे आ रहा भाई साहब आ रहा हूँ तो जाना पड़ता है हम मोहब्बत के मरीज हैं और जाना पड़ता है दोस्ती में जाना पड़ता है तो अभी ये हमारे घर पे आ चुके हैं और इनका बॉक्स में अब खोलने वाला हूँ और आपको दिखा देते हैं क्या आया हुआ है चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग अमेजन डॉट इन जी हाँ ये Amazon से आया हुआ है ये है का फोप्स का बचामदी मोटर्स रॉयल इन्फील्ड से एक फ़ोन आया था उसको अटेंड रहा था इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो में एक्चुअली 15 अगस्त की राइड प्रपोज कर रहे हैं वो कि कहाँ जाएं, तो बंद बारेठा दर्रा बराना की प्लानिंग है जैसा भी होगा ब्लॉग जरूर बनेगा उसकी भी अपन करेंगे ढंग से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो वो भी देख लेना आप तो चलिए अभी जो मैंने मंगाया है वो मैं आपको बता देता हूँ ये यूरो का फोर्ब्स कंपनी का वैक्यूम क्लीनर है कार के लिए इस, अब आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या निकलता है देखो ये यूरो का फोब्स का मैनुअल ये ब्रश वगैरह है एक ये पाइप है जो सीट्स वगैरह होती है ना उनमें जब घुस जाता है तो इसमें ब्रश भी है और ये भी है तो ये भी यूज़फुल चीज़ है चलो ये हो गया और ये वायर है वायर काफ़ी लंबा है काफ़ी लंबा वायर है और उसमें जो कार में जो चार्जर आता है ना सिगरेट चार्जर उसमें लगेगा और ये आपका हो गया वैक्यूम क्लीनर तो अच्छा प्रोडक्ट है और हमारे युदिष्ठ भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने एक्चुअली क्या होता है ना फेसबुक वगैरह पे आते रहते हैं एड वग़ैरह चाइनीज़ कंपनी के तो ये कह रहे थे ये मंगा लो मैंने कि मगाओ तो यूरे फॉब्स का मगाओ क्योंकि ये काफ़ी दूर मेरे पास बड़ी मशीन है जो घर में साफ सफाई में काम लेते हैं तो मैंने कि आप घर में तो करोगे नहीं उस कार में करोगे तो कार के पर्पज़ से ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और कंपनी का है तो नो डाउट अच्छा ही होगा तो ये तो हो गया एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और अब हमने चाय मंगा ली है चाय पियेंगे फिर भाई साहब अपने घर निकलेंगे हम अपनी दुकान निकलेंगे एक छोटा सा वीडियो मैं ही डाल रहा हूँ आई होप कि पसंद आया होगा एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कार वग़ैरह में कहीं जाते हैं तो बच्चे वगैरह कभी बिस्किट नमकीन कुछ फैला देते हैं तो उसको साफ़ करने के पर्पज़ से ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हर कार में होनी चाहिए आप इसको पीछे डाल दीजिए डिग्गी में और जहाँ भी आपको लगे गंदगी हुई तो इसमें डाला ये आप यहाँ वैक्यूम कर लेगी कार अपनी नीट एंड क्लिन साफ़ सुथरी रहेगी तो चलिए अभी हम चाय पी के निकलते हैं और हमारे युधिष्ठिर भाई साहब बैठे हुए हैं और छोटी सी एक राइड प्लान कर लें इनको मैं जबरदस्ती लेके जाऊंगा 15 अगस्त को क्योंकि ये जाते नहीं है हालांकि अभी इनका खेतीबाड़ी का काम है और बादल अब नहीं हो रहे हैं थोड़ा सा धूप भी निकल रही है तो दो चार दिन धूप निकली तो ये खेतों में लग पड़ेंगे जुताई वगैरह काम स्टार्ट हो जाएगा इनकी वो काम वेरी इंपॉर्टेंट क्रेटा है हमारे युधिष्ठर भाई साहब की बाहर खड़ी हुई है कि क्रेटा में जाएंगे अभी चाय पी के और फिर वहाँ दिखाता हूँ आपको ये किस तरीके से काम करता है पहली बार दूसरी बात हमारे छोटे भाई साहब ये बैठे हुए हैं हमारे अनु चौधरी अनुभव चौधरी है इनका नाम घर का नाम अनू है पीछे अविदीप चौधरी ये हमारी धर्मपत्नी नीलम चौधरी तो अनु चौधरी कह रहा मैं कह रहा तो ये नीचे हैदर लेटा हुआ है देखो आपको दिखाता हूँ ये देखो देख रहे हो, ये लेटा हुआ है, हैदर तो ये कह रहा था हैदर पे कुछ कुर्सी वुर्सी नहीं लग जाए तो मैंने कहा अरे नहीं इस पर नहीं लगेगी ये तो मेरी जान है तो ये कह रहा है कुंवर सा हमारा मैं कौन हूँ मैंने कही हैदर मेरी मोहब्बत है तू मेरी जान है और ये भाईजा जो खड़े हैं ये गुले गुलफाम है तो ऐसे है ये बस्ती चलती रहती अच्छा इन दोनों का एक बड़ा कलेस है वो ये ये भाईजा जो खड़े हैं अभिदीप चौधरी ये हैदर को खिलाने में एक्सपर्ट हैं और आप ये मानना जो जो पेट्स होते हैं डॉग है कैट है जो घर में पालते हैं जो खिलाएगा वो वहीं दो मिलाएगा सीधी सी गढ़ है इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं चाहे कोई भी हो तो ये खिलाता है इसको अंडर कंट्रोल में करता है वो जलता है उनको कहा तो भैया पापा इसको मत आने दो क्योंकि फिर ये इसी की मानेगा हमारी नहीं मानेगा तो इन इन दोनों में ये कलेस चलता रहता है फाइटिंग चलती रहती है इनको पता नहीं है जब बड़ा हो जाएगा ना ये किसी की नहीं चलने देगा ये हंड्रेड परसेंट श्योर है ये <laughs> मानेगा नहीं चलिए तो चाय पी के फिर सीधा मिलते हैं क्रेटा में चाहिए हैं गाड़ी में युदिष्टर भाई साहब की मैं तो आज हम दो चीज़ दिखाएंगे आपको एक तो जो यूरेगा फॉर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर मंगाया है कार के लिए उसको दिखाएंगे थोड़ा सा डैम अगर दिखा पाए तो और दूसरा जिस काम के लिए आज यदिस्टर भाई साहब भरतपुर आए थे वो बता देता हूँ मैं एक सेकंड। आज हमने ये वाला प्रोडक्ट ये देखो ये वाला प्रोडक्ट कारलुक से ख़रीदा है और मेरे हिसाब से बहुत शानदार प्रोडक्ट है क्योंकि इसका एक रीज़न बता देता हूँ मैं आपको इससे पहले मैंने अपनी होन्डा सिटी के लिए दो मंगा चुका था ऑनलाइन लेकिन उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं थी आज कार्लोक वाले भाई साहब थे ऑनर थे उन्होंने कहा इसको ले जाओ साढ़े तीन सौ रुपये का उन्होंने दिया इसको और मैंने कहा था क्योंकि ये शीशा गरम हो जाता है ना तो वो जो वैक्यूम है इसका जो वो पता नहीं क्या लूज़ हो जाता है तो ये नीचे गिर जाता था पहले जो मैंने दो मंगाए थे और आज इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कार अभी खड़ी भी थी धूप में थोड़ा सा धूप भी है बाहर मौसम गर्म है तो शीशा गर्म हो चुका है तो अभी तक तो सही लग रहा है और अगर ये सही लगा तो युदिष्टर भाई साहब की तो दिया अपनी होंडा सिटी में भी लगाएँगे अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यूरेगा फोर्प्स किस तरीके से काम करता है इसको तो लगा दो इसमें अब अब इसको दिखाता दिखाता मैं मैं कैसे काम करता है चेक करने के लिए कागजी टुकड़े डाल देता हूं, फिर दिखाता हूं, आपको ये वर्क करता करता है है कि नहीं करता है। तो ये अपन कागज की टुकड़े यहाँ डाल देते हैं अब आप देखिए ये किस तरीके से वर्क करेगा देखना ये सबको है ना बढ़िया चीज तो आपने देखा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कागज़ के टुकड़े या कुछ भी धूल वगैरह होती है और इस साइड में जितनी भी सीट्स वगैरह होती हैं आप यहाँ से धूल वगैरह निकाल सकते हो बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है मैं पहले एक बार मंगा लेता लेकिन मुझे पता चला कि मेरे यहाँ बड़ी मशीन है तब मैंने इसको नहीं मंगाया अदरवाइज़ मेरे पास ये होती है बहुत यूज़फुल चीज़ है और आप ड्राई को अच्छा इसमें अगर आप कहीं ये सोच रहे हों कि कहीं कोई रबर वग़ैरह है उस पर जो अगर धूल वगैरह चिपक रही है तो उसको ये साफ़ नहीं करेगा तो बहुत ही अच्छा है और कंपनी का है और वेल नोन कंपनी है यूरिका फोप्स उसका कार अच्छा आपको अगर ये चाहिए हो तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना 1899 सौ निन्यानवे रुपये इसकी कॉस्ट और बहुत अच्छा है इसका देख लिया है हमने डेमो करके तो ये है और दूसरा प्रोडक्ट आपको बता ही दिया मैंने कार हो कार होल्डर है वो एक्चुअली क्या होता है कार में जब अपने होल्डर नहीं होता है ना तो मैप देखने के लिए इसको नीचे रख दो कभी फिर नीचे देखना पड़ता है कभी सामने तो ये सामने लगना चाहिए शीशे पे उस पर आप अपना मोबाइल रखा के रखो उस पर मैप चला के रखो बहुत बढ़िया चीज़ है चलिए तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड विल देन टेक केयर बाय लव यूर